में बसे हो तुम, तुम, दिल में छुपा तुम, जब चाहो तुम्हें आई न बना लूंगा आँखों में बसे हो तुम तुम्हें दिल में छुपा लूंगा बहुत प्यार करते हैं तुमको सन कसम चाहे ले लो कसम चाहे ले लो खुदा की कसम बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम दिल तो पागल है दिल दीवाना है दिल तो पागल है दिल दीबाना राग लगाता है धीरे धीरे प्यार सिखाता है यही हंसाता है यही यही रुलाता है दिल तो पागल है दिल दीवाना है दिल तो पागल है दिल बना मोहब्बत हो गई है तुमसे दिल ने ये कहा है दिल ये है से मोहब्बत हो गई है तुमसे मेरी जान मेरे मेरा एतबार कर लो इतना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो मेरी धड़कनों को समझो तुम भी मुझसे प्यार कर लो जारू खुशबू तेरा बदन जादू तेरी नजर खुशबू तेरा बदन तुहाकर या ना कर तू हाकर या ना कर तू है मेरी किरण तू है मेरी किरण जो भी कसम खाई थी हम बादा किया था जो कि नींद चुराई मेरी किसने और सनम तूने हो चैन चुराया मेरा किसने ओ सनम सफल एक सराय सुनसराय देर ही है प्यार की अरे हो गया है तुझको तो प्यार सजना लाख कर ले तू इनकार सजना हो गया है तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम अब यहाँ से कहा जाए हम तेरी बाहू में मर जाए हम मेरा खाब मेरे ख्यालों की रानी किसी दिन बनेगी हमारी कहानी ऐ मेरी बेखुदी ये कसम मेरे लिए प्यार में एक दिन मेरी जात तुझे है पाना ओ, -ओ जाने जाना तुझे दीवाना सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना ओ हो जाने जाना ठूडे तुझे दीवाना सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम